एक था जो अकेला चलता था एक एक था था, था जो जो भीड़ में नहीं रहता था। एक था जो अपने नशे में ही रहता था एक था जो चलता ही रहता था देखो आज वो शिखर पर चढ़ गया जिसको अकेला होने का कोई गम नहीं था उसके साथ आज एक विशाल कारवा जुड़ गया